ek to sacch sach a... ते तेरा नाम सच तद वह एक है तत्सत्यम वो सत्य है तद ब्रह्म वो ही कण कण में व्यापक समाया हुआ आदि परुष परमात्मा है तद ब्रह्म हम न संशय वो परम ब्रह्मा कण कण में सूर्य में चंद्रमा में देवताओं में मनुष्यों में पशु पक्षियों में सर्वत्र सब जगह सब में तुम में और मुझ में सब में समाया हुआ है तद ब्रह्मा हम वो परम ब्रह्म मुझ में है ये जो बोल रहा है ये जो देख रहा है ये जो सुन रहा है ये जो हाथ हिला रहा है उसी की शक्ति से यह सब हो रहा है यह तत्व ज्ञान है ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम इंद्रम वयम महादना इंद्रम में महे कर्म महान धन है जगत के जितने धन है वे तुच्छ हैं। यजम है ईश्वर हमारा सनातन मित्र है सर्वोपरि मित्र है जगत के जितने मित्र हैं वे तुच्छ हैं क्योंकि वे अवसर पड़ने पर मतलब पढ़ने पर मित्र बन जाते हैं और मतलब निकल जाने पर मित्रता का त्याग कर देते हैं गंगा नदी का ये पवित्र तट ऋषि मुनियों की ये पवित्र भूमि गंगोत्री गोमुख से आती हुई ये जलधारा गंगोत्री में भगवान शिव ने इस जलधारा को कहते हैं अपने मस्तक पर धारण किया यानी इसको सर्व पूज्य होने की मान्यता प्रदान की पार्वती की बड़ी बहन गंगा के नाम पर इस जलधारा का नाम गंगा पड़ा वे हिमाचल पुत्री गंगा पार्वती की बड़ी बहन थीं। उन्हीं के नाम पे इस जलधारा का नाम गंगा रखा गया वे ब्रह्मा के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में निवास करती थी वहां से चलती हुई ये जलधारा इधर उत्तरकाशी से और आगे चली जाती है एक बार यहां ऋषि मुनियों ने महान यज्ञ और अनुष्ठान बहुत वर्षों तक चलने वाला अनुष्ठान किया उनमें मारकंडे ऋषि परशुराम और सप्तऋषियों में से कुछ और जड़ भरत जड़ भरत ऋषि आत्मज्ञाने यहाँ से थोड़ी दूर चलेंगे तो जड़ घाट है वहां पर उन्होंने इस साधना की थी तपस्या की थी और इन सब ऋषियों ने शिव से अनुरोध किया प्रभु हमारे अनुष्ठान में हमारी धर्म सभा में आप आइए कहा ठीक है हम आएंगे कब आएंगे आ जाएंगे जब समय मिलेगा हम अवश्य आएंगे हमारा वचन और नित्य प्रति वहां ऋषियों के बचन होते विचार विमर्श होता और सभा में एक साधारण सी स्त्री ने प्रवेश किया कुछ ऋषियों ने कहा रुको रुको देवी ये महर्षियों का अनुष्ठान है आप इसमें प्रवेश ना करें उसने कहा क्यों मुझे तो यहां आना है कई सारे ऋषि बिगड़ गए ये ऋषियों का सिद्धों का अनुष्ठान चल रहा है स्त्री का प्रवेश यहां वर्जित है उस स्त्री ने कहा आप कैसे ऋषि हैं परमात्मा आप सर्वव्यापक बता रहे हैं और स्त्री का सम्मान नहीं करते आप सब नारी की कोख से उत्पन्न हुए हैं जड़ भरत अपने आसन से उठे जल का पात्र लिया उन्होंने उन माता के चरण अर्ध दिया उस जल को मस्तक से लगाया कर करें हुई विराज अपना परिचय दीजिए और हम लोगों के लिए ज्ञान वचन कुछ कहिए और वो देवी कहने लगी आप, आप लोगों ने ही मुझको आमंत्रित किया था यहां आने के लिए और आप ही भूल गए आपके समाज में क्या नारी का सम्मान नहीं होता सब ऋषियों ने कहा हे देवी हमने आपको कब निमंत्रण दिया था उन देवी ने अपने सिर से वस्त्र थोड़ा हटाया और अपनी एक जटा दिखाई आप पहचानते हो वे शिव थे नारी के वेश में उस समय वे स्त्री का रूप धारण किए हुए तपस्या कर रहे थे हमारे भारतवर्ष में एक सखी संप्रदाय होता है जिसमें स्वम को उस आदि पुरुष परमात्मा की सखी परम ब्रह्म को अपना प्रियतम मानके आराधना करते हैं ध्यान करते हैं यजामहे पति यजा पति सुगंधि हे परम पुरुष तू मेरा पति है तू मेरा स्वामी है तेरे द्वारा मुझे अमृत की प्राप्ति हो मैंने अपने सभी सुखों को कामनाओं को त्याग दिया है तेरा दिव्य प्रेम मुझे प्राप्त हो ऐसी भावना से हमारे प्राचीन देवगण ऋषिगण इस भावना से उस परम ब्रह्म की आराधना करते रहे हैं शिव ने उन ऋषियों को उपदेश दिया आप लोग शिव किसको समझते हैं किसी पत्थर को ऐसे जो शिवलिंग जिसको बोलते शिव किसको कहा गया है किसी व्यक्ति को शिव वो आदि पुरुष परमात्मा जो जगत को रचके इसका कल्याण करता है कभी माता बनके इसका कल्याण करता है कभी पिता बनके कल्याण करता है कभी गुरु बनके कल्याण करता, बन करता है कभी मित्र बनके कल्याण करता, बन करता है उस परमात्मा को शिव कहा गया है सूर्य ये जो हमें प्रकाश देता है इसको भी शिव कहा गया है पृथ्वी तल पर बहने वाली ये नदियां जो हमारा कल्याण करती हैं इनको भी शिव कहा गया है ये जो आकाश में वायु बहती है शीतल वायु जो हमें प्राण सत्ता प्रदान करती है इसको भी शिव कहा गया है अग्नि जो हमारे जीवन में उपयोगी है इसको भी शिव कहा गया है चंद्रमा जो हमें आह्लाद प्रसन्नता शांति प्रदान करता है उसको भी शिव कहा गया है शिव एक बहुत व्यापक शब्द है इस पृथ्वी को भी शिव कहा गया है ये अपनी संतानों की तरह इन मनुष्यों को वृक्षों को पशु पक्षियों को कीट पतंगों को पालती है संसार में जो जो भी हमारा कल्याण करते हैं उन सबको शिव कहा गया है जो हमारे विश्व को अपने में समाहित कर लेता है उसको शिव कहा गया है एक बच्चा रोता हुआ मां के पास आता है मां उसके सिर पे हाथ फैरती चुप जा चुप जा उसकी व्याकुलता को हर लेती है वो मां शिव कहलाती है एक मित्र अपने मित्र के पास जाके बहुत परेशानी की हालत में कुछ कहता है और उसका मित्र उसको दिलासा देता है तसल्ली देता है उसके संताप को हर लेता है वो उस समय शिव कहलाता है दो तरह के वार्तालाप हमारे जीवन में होते हैं एक दुखदायी जिन बातों को कह के सुन के हमें अफसोस होता है अशांति होती है परेशानी होती है उन वार्ताओं से विश्व की उत्पत्ति होती है संबंध विच्छेद हो जाते हैं अशांति बढ़ जाती है व्याकुलता बढ़ जाती है दूसरे संवाद ऐसे होते मृदु मीठे ऐसी बाणी जिन जिन बातों को सुन के हमारे संताप खत्म हो जाते हैं हमें शांति मिलती है वो अमृत रूप है ऐसी वाणी जो विष को सोख रही है विष को नष्ट कर रही है हमारी व्याकुलता को नष्ट कर रही है वो वाणी शिव कहलाती है उस समय देवी के रूप में स्त्री के रूप में साधना तपस्या करते हुए महादेव शिव ने उन सब के हृदय में अमृत धाराओं को बहा दिया सब बड़े प्रसन्न हुए संतुष्ट हुए स्वंभ मनों के वंश में ऋषभ देव हुए जैनियों के प्रथम आचार्य कहिए अरिहंत कहिए तीर्थंकर कहिए ऋषभदेव उनके बहुत से पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे भरत उन भरत को ऋषभ ने अपनी राजगद्दी सौंप दी उन भरत के भी कई पुत्र हुए भरत देखने में बड़े सुंदर थे प्रतापी थे वीर थे बहादुर थे कुछ ब्राह्मण एक दिन उनके दरबार में आए उस समय जब महाराजा भरत को पता चला कि कुछ ब्राह्मण कुछ ऋषि मिलने आए हैं तो वो वाटिका में घूम रहे थे वहीं उनको बुला लिया आइए आइए आपका स्वागत है उन ब्राह्मणों ने कहा आप धन्य हैं, आपको परमात्मा ने कितना स्वर्ण जैसा सुंदर शरीर दिया है आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है भरत के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आया अहंकार आया उन्होंने कहा, कहा अभी कहा अभी तो मैंने ये साधारण वस्त्र पहने हुए हैं जब मैं राजसी वस्त्र धारण करूंगा उस समय आप मेरी शोभा को देखना ब्राह्मणों ने जान लिया इनको अभिमान हो गया है राजदरबार में जब सुसज्जित होके राजा भरत पहुंचे ब्राह्मणों को बुलाया ब्राह्मणों ने कहा वाह वाह महाराज आपका सौंदर्य अतुलित है वर्णनीय है किंतु किंतु क्यों धर्म okay. आचरण ही जाऊं कि शोभा होता है एक, एक उत्तम व्यक्ति, एक व्यक्ति को कभी को अभिमान, अभिमान नहीं करना चाहिए यदा राजन आपने जो पान, जो पान खा रखा है।, है आप उसको आप थूक, थूक के देखिए उसमें कीड़े हैं उसने थूका देखा कीड़े ये कीड़े कहां कीड़े से आ गए आपके, आपके शरीर के भीतर से आ गया इस शरीर, शरीर का जो अभिमान करता, वो करता है वो नहीं जानता इसके भीतर, के के के भीतर कितने कीड़े छोटे छोटे क्रमे तू सचा तेरा नाम सचार